और दोस्तों क्या हाल है स्वागत करते हैं आपके न्यूज लैंड में वीडियो में जिसके अंदर आज पहली बार सी ओ डी एम के अंदर डी आर में आज पहली बार सोरोस ग्रो के अंदर में 19 तो किल निकालने वाला 19 हिल्स कैसे यार लिखा तो मैंने कभी जल्दी भी नहीं निकाला आज 19 हिल्स निकाले हुए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज हम लोग उतरे लॉन्च बेस के अंदर लॉन्च बेस के अच्छा लगता है नहीं लेकिन अभी प्लेन बात नहीं था मुझे कोई दूसरा इतना पता भी नहीं बिकॉज मैं पबजी प्लेयर हूँ सो so, पबजी प्लेयर को सी ओ डी के अंदर मूव करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है तो so, बस थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर इतना टाइम लग गया लेकिन आज पहली बार इस सोलो वर्सेस इस के अंदर आज मेरे 19 गेल जीते हैं सो so, चलो इन्जॉय करते हैं पता चल ही कि अपना पबजी इंडिया में वापस आने वाला है काफी ज्यादा ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है काफी ज्यादा लोग जैसे बड़े बड़े लोग कॉन्टन वगैरह कॉन्टन सॉरी क्रांत टाइम वगैरह बोल ही रहे हैं कि पबजी इंडिया में वापस आने वाला है देखते हैं अभी कब तक आता है जब तक आता है चलेगा कोई इशू नहीं जैसे मैं लॉन्च था आता खत्म करता हूँ वहाँ पे आगे थोड़ा बहुत वैसे मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है अब ये समझ में नहीं आता की बंदा है, है। खतरनाक तरीके से एक इसको हैट रहा। जैसे इसको हैच पर और ये है यहाँ पे केल अब इसकी पेटी इतनी बड़ी है यार में समझ में नहीं आता है। इतनी पेटी बड़ी बड़ी पेटी क्यों बना जितने तो इन लोग के वजन नहीं होते उतनी ज्यादा इन लोग की पेटी नजर आती है चलो खैर अभी यहाँ पे तो एक किल वैसे हो चुकी है अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे और थोड़ा लूप पार करने के लिए जाता हूँ मैं आगे देखता हूं तो कौन सी कंधन मिली मुझे तो नहीं पता कौन सी कल मिली यार और थोड़ा सीखना पड़ेगा लगता है मुझे गन्स के में काफी ज्यादा वक्त लग गया मुझे थोड़ा सीओरी सीखने के लेकिन हो गया आज। फाइनली आज हो गया सो तो थोड़ा बहुत लूट पाट करके अभी देख ही रहा था कि कौन क्या नज़र आता है थोड़ा स्टेप्स वगैरह आ रहे थे मेरे कान के अंदर लेकिन दिखाई नहीं दे देता काफिन है कहां पे आपके अब यहाँ पे एक तो इनका जो ग्राफिक है इतना ज़्यादा टलियर भी समझ में आता नहीं है अब जो सालों से खेल रहा है उनकी बात अलग हो जाती है लेकिन मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आया बाकी ठीक है अच्छा है तो यहां पे जैसे में है इधर से मुझे बंदा है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा राइट साइड से मुझे किसी ने खतरनाक तरीके से डैमेज दे दिया है इसको मैंने पहले पहली फुरसत में इसको मैंने दे दिया ए के से और ए के का लाइक डैमेज खतरनाक भाई बहुत खतरनाक इसके अंदर दो लोगों की पेटी यहाँ पे बन गई बस फिर यहाँ पे डैमेज तो पूरी तरह तो से खत्म हो चुका था बस तो आगे थोड़ा कवर में हील कर लो हील करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता हूँ मैं कुछ नहीं हुआ यार अभी हूँ चढ़ के सबस कुछ नहीं हुआ आगे।, आगे बस थोड़ा लूटपाट देख लो पेटिस वगैरह में देख लो क्या मिल रहा क्या नहीं मिल क्या हो गया अचानक में मुझे समझ में नहीं आया अचानक मैं जहाँ पे था वहीं पर ही मैं वापस आ गई क्या नशे चलते रहते हैं यार क्या होता रहता है सस्ते नशे ये लोग करते रहते हैं किस चीज़ की गेम वाले कभी नहीं सुधरने वाले कभी तो अच्छी चीज़ें देखो तो ये सब चीज़ों को हटाओ हटाने को तैयार ही नहीं बस पैसा कमाना है पैसा कमाना है अरे इन्जॉयमेंट दोगे तो मज़ा आएगा ना इंजॉयमेंट की वजह ये सब चीज़ें अचानक में बैठ नैट भी अच्छा है पिंग भी अच्छा है फिर भी यार पहले तो मैंने देखा नहीं था जबरदस्ती का गेंग के पर मैंने कर दिया। मेरा काफी अच्छा था बाद में जब बैग जाके मैंने देखा तो नजर आया रिकनेता रहता है अभी गलती सबसे होती है तो चलो खैर यहाँ पे अभी मेरे किसी तीन किल्स तीन किल्स होने के बाद में निकलता हूँ आगे की तरफ थोड़ा देखता हूँ की क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है आगे उधर से मुझे गनशॉट सुनाई देता है आवाज आती है गोली चलने की So, उधर की तरफ जा ही रहा होता कि वन चिंका के सामने नजर आता और इसको भी यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे टिपक गया दूसरे के फुल स्टेप्स मुझे आने लगते हैं मैं देखता हूँ कहा से आदा लेदम तो से सरप्राइज देने के लिए आया लेकिन बदले में मिला क्या उसको भी सरप्राइज से टू। एक साथ और यहाँ पे अपने पांच अब ये लोग बॉट यहाँ पे मुझे बहुत भी समझ में नहीं आतेम रहते हैं बस नाम खाली देर से बना होता है अचानक से तीसरा एक बंदा आ जाता है इसको भी सरप्राइज मिला पीछे से पता भी नहीं चला इसको मैंने कभी यहाँ पे मांगी एक और मुझे फर्स्ट टाइम आने लगता है ये आया अगेन और एक और खतरनाक तरीके से दो डुओ की टीम वन बी फोर दो डुओ की टीम खत्म हो गई एक ही शॉट नॉट तो थे, थे, तो बताइएगा जरूर जैसे में सारी टीम को चारों को मिलते तो यहाँ पे आता यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने आ जाता है मुझे पता नहीं होता कि मेरे पास में चाकुल यहाँ पे आया पबजी का मुंह पबजी का मुंह जिगल जिगल दे जिगल यार कहा अच्छा डि तो पे हुआ, है। बस को देखने था कि कहां हुआ है। वैसे काफी देर भटकने के बाद काफी सालों से सा भटकने के बाद यहाँ पे सामने मुझे बंदा दिखाई देता है और उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए कहीं से वो नौ नजर नहीं आता लेकिन क्या ये क्या कर क्या रहा था तो मेरे ही सामने आ रहा है रहे सामने, सामने मानने आ रहा है आ ये भी दोनों की से पेटी बन रहा। अरे सॉरी इसकी तो पेटी भागी थी यार नौक पड़ा था जाना दूसरा टीमेट लेकिन आए कहाँ से इसको कॉल कहा से मिला के एक सामने से आया और एक पीछे से आया दोनों को सरप्राइज मदर फादर सबको पूरी दोनों को सरप्राइज मदर फादर मिल जाएगा चलो अभी जाएंगे नेक्स्ट लॉबी में जाएंगे खेलेंगे दोनों ने आगे की बड़, हूं और अपने थोड़ा कवर में लेता हूँ जैसे ही यहाँ पेल खत्म करता हूँ मुझे तो देखने ही चाहता हूँ कहाँ पर है और यहाँ पे ये सामने से नजर आता कहा भाग रहा है भैया रुक जा अब अचानक क्या हुआ था इस गोली खत्म हो गई या फिर बुलिस नहीं निकली कुछ समझ में नहीं आया है वैसे तो तो गन चेंज करके मैंने उसको तो पेटी हाँ पे खतरनाक मेरा, मेरा तरीके से डैमेज कर बस थोड़ा पीछे कवर में आता हूँ ताकि मैं अपने आप को ही कर सकू और बस यहाँ पे ही लग रही है टेलीफोन वाला जैसा लगता है यार येलिंग का चलो यहाँ पे मैं अपनी हीलिंग तो मैंने कंप्लीट कर लिया अब यहाँ से मुझे कि मेरी तरफ से और ये सामने आया और इसको घूम कर खतरनाक तरीके से या बहुत खतरनाक पहले वहां पर शैतान डायम डेमोन ने भाई पहले मुझे उधर वहाँ पे डैमेज किया अब यहाँ पे मुझे डैमेज किया गोल गोल घूम लेकिन आखिरकार भाई ये भी खतरनाक तरीके से पेटी बन चुकी है आप वो जाएंगे लॉबिन में और खेलेंगे सोलो खेल रहा था खेल रहा क्या खेल रहा समझ में नहीं आया मुझे बस अभी खुद को हील करते हैं अब पे ज़ोन भैया हुए अगर आप लोग को ये गेम अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने बारे में बताने तो भूल मेरा नाम है महाराजा मेरी क्लाइंट का नाम है मेटल गट इप और हम लोग जो है एक PUBG प्लेयर है PUBG gamer, but PUBG गेमर, बैन होने के बाद लोग आप लोगों को पता है इंडियन वर्जन आ रहा है हम लोग इंडियन वर्जन पबजी के भी स्क्रेम अभी शुरू करेंगे जिसमे से जो विनर होगा उसको फोर्टी रुपीज प्राइज होगा CODM के अंदर भी और जिसको अगर जो भी खेलना है सो डिस्क्रिप्शन के अंदर का लिंक दे दिया गया खेलने के लिए जैसे मैं थोड़ा आगे बताऊँ यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखाई देता है भागते हुए अब वो वहाँ पे एक पे पेटी लुकने आए तो उसको पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ से मार रहा हूँ आगे ये रिकॉर्ड मुझे काफी हद तक चेंज करने पड़ेगी भाग गई ये पीछे भाग गया ये पीछे भाग दो रिलोड दो गन के रिलोड उस बंदे को नॉकआउट नहीं कर पाया गया कोशिश किया इंजर टेक्निक यूज करने के लिए ताकि आगे वहां भाग सको लेकिन एक और था और उस बंद ने उसको सडनली पीछे से एक आया यहाँ पे और पेड़ का चलो आगे वाला नहीं मिला तो पीछे वाला ही सही पेटी तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं एक तो किल माइनस हो गई बिकॉज़ जिसको मैंने डैमेज किया था उसकी तो की कोई और को लेके चला गया अब मुझे ऊपर तो कुछ नजर आता है लेकिन ऊपर जा ही नहीं पाता तो इस रेडियो का ही सारा लेना पड़ता निंजा तो मोपन ही नहीं हुआ है फुसटेप तो काफी हद तक आ रहे थे ऊपर से आप लोग भी सुन सकते हो फुस्टेप आ रहे थे ऊपर से ये सामने से एक नजर आया और ये इधर से यहाँ पे की ऊपर आ रहे थे नीचे कहाँ से आ गया यार देख रहा ये बंदा नीचे देखता है कि ये किसको दिख रहा था आके किसको कौन दिख रही थी भाई इसको कौन दिख रही थी कोई भी नहीं अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है खत्म चलो ये एरिया भी ख़त्म हो चुका है सबकी खतरनाक तरीके से पेटी बनकर अगर अभी खुद को ही कर देवे थोड़ा बहुत फिर हम लोग आगे बढ़ यार खुद को हील कर ही रहा था मैं खुद को हील कर दिया था सामने सब मुझे गन शॉट आते और यहाँ पे सामने ही खड़ा हुआ एक बंदा एवरेज, एवरेज स्लॉट, स्लॉट की बन कि निशाना बना था लेकिन वो बंदा आखिर दिखाई नहीं मुझे तो थोड़ा पीछे फॉलबैक करना जरूरी समझा आगे जाऊँगा तो फिर वो पेटी बना देगा इसलिए कॉवर लेते हुए थोड़ा फॉलबैक करना मैंने जरूरी समझा और यहाँ पे मुझे गाड़ी नजर आई थी लेकिन लिया कहीं ले लिया गाड़ी दे दिया गाड़ी की स्किन एकदम आईसी टाइप कौन सा वाइट कलर ये व्हाइट कलर देख के मुझे एक छोटे से कार्टून की याद अंदर छोटे छोटे पप्पी होते थे वन हंड्रेड वन पप्पी करके कुछ नाम था चलो पप्पी की बात बाद में कर लेंगे पहले थोड़ा यहाँ पर बंदकी कर ले पीछे से यहाँ पर तो मुझे कन शर्ट आते हैं मुझे थोड़ा डैमेज करता है देख ही रहा होता कहाँ पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर हुआ वो रहा वो रहा नजर आया पीछे भाग अरे जब मारना ही था तो भागा क्यूँ आता सामने आता पीछे क्यूँ भागा रहे भैया डरबोक के माफी खाली पीछे चले जाता है आते क्यों फिर खेलने तु लड़ो सामने लड़ो कितना ढूंढने के बाद वो दिखाई नहीं दिया मुझे आखिर देखने की कोशिश जा रही है उसको कि कहां चला गया है वो आखिर वापिस गन शॉट कहां चले गए भाई कहां चले गए, गए? कत ही नहीं कत ही नहीं खतरनाक तरीके से गायब हो चुका है अरे मिल जाए यार चलो खैर अभी पैदल भी कितना भाग होते हैं यहाँ पर बैठता हूँ बस निकलते हैं तो मिलने से उसको के चक्कर में जाऊंगा तो मिल पाए यहाँ पे अपने अभी किल्स हो चुके और करीब बाबीस अलाइफ है जो भी है सब जोन के बाहर ही है थोड़ा जोन का कवर लेना जरूरी है इंतजार करते हैं यहाँ पे इधर कोई ना कोई सबको तो यही आना है बिकॉज हम भी जोन में है जोन के एज पर है कोशिश करता हूँ ऊपर जाने की लेकिन चढ़ा था नहीं है फेल फेल फेल फेल ये निंजा टेक्निक काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। और यहाँ पे जैसे भी देखते यहाँ पे दो लोग यहाँ पे किसकी दो दो एक दूसरे की पेटी बनाने की पेशक करते हुए एक की नौ को अब नौको, नौक हो गया हो गया आखिर थर्ड पार्टी करते हुए दूसरा टीम मेट उसका दूसरा टीम भी थी अब लेकिन अरे रिलोडिंग चलो भाई जिसको मैंने नौ किया था किल चोरी हद से ज्यादा दर्द किल चोरी चलो किल किल किल चोरी का तो बदला ले ही ही लिया अभी उसके को भी भी मार दिया यानी कि तीन तीन तीन नॉक नॉक मैंने चार दिया। उसमें से तीन थी किल तीन भी किल मिली नहीं दो की खाओ ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार बोलो खा लिए तो खा लिए अभी जाओ दूसरी लॉबी में खेलो वहां पे दूसरों के साथ वैसे जोन बहुत अभी छोटा हो चुका है काफी हद तक छोटा और यहाँ पे सब अरे जोन के बाहर मरोगे क्या यार आप लोग जोन के बाहर मरोगे तो हमें किल्स कैसे मिलेगी चार एक भी क्या चलो एक को किसने मार दिया अब यहाँ पे तीन बचे भाई दो बचे हैं ओनली दो वो अलग टीम के भी हो सकते या एक ही टीम के भी हो सकते किसी को तो यहाँ पे बेहतर होगा कि थोड़ा वेट कर लिया जाए कहाँ पे होंगे क्या पता अगर राइट लेफ्ट से आ गए मिल के सैंडविच बनेगा और मेरी पेटी बनेगी तो पूरा गेम प्ले खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो थोड़ा सबर कर लेते हैं कवर के अंदर वेट कर लेते हैं उन लोग के आने तक का अरे यहाँ पे एक नज़र आया चलो एक नज़र आया अब कित, अरे कितना मारेगा अरे कितना मारेगा मार उसको मारा, मारा। चलो एक और मरा क्लास वन वी वन क्लास वन बाकी बड़ी पेटी इसकी भी बन गई अभी क्लास वन ही वन बार की देखते भी है कहां पर है जोन तो यहां पे आ रहा है जोन भी नजदीकी है यार पहली फुर्सत में जोन में भागना पड़ेगा यार अपनी तरफ बना ही नहीं जोन है तो और ये सामने नजर आया और ये गया किल वी है यहाँ पे गेम प्ले एंड थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो को गेम प्ले देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट दिखाईगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और सबको हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली काफ़ी शुभकामनाएं 2020 तो काफ़ी खतरनाक तरीके से गया है बुद्ध ठीक कर गया है सबको पता है उम्मीद है 2020 का एंडिंग और 2021 की शुरुआत हमारे सब के लिए सबके लिए अच्छी जाएगी सो ग्राइन करते रहिए इंटरनेशनल लेवल पे जाइएगा और अगर आप लोग को डिस्कॉट ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गया है डिस्कॉर्ट ज्वाइन की और आप लोग खेलना चाहते हो तो मेरे सामने भी खेल सकते थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच